नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु सबदा भया करिए गुरु गुरु जी के वचन जो उन्होंने समय समय पर कही आज भी ये वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं जो जिंदगी मैं घोड़ा मैं ते मैं बिल्कुल सीधा हाका गुरु जी अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ